खाए।, तो, खाए मेरा बीमल खाया अभी अबे थोड़ा सा खाए तो क्या हुआ जात का पैदा मारू तू बच्चा <coughs> हाँ, सलाम जो माल पटाए तुम छिनाना बे उसको तुम छिनाना उसको हम पटा लिए क्या करेगा तुम क्या करेगा तुम बोल साले देंगे, देंगे चट्टी भार देंगे नंगा कर देंगे ए, तेरा बहुत हो रहा है देख मेरा मोबाइल वापस लौटा दे देख आ? मुझे फिर दे देख मेरा मोबाइल ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया बाद में खेलेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बसंती ने दूसरा शादी कर दिया वो भी तुमको भी ना बताए ऐसा हो ही नहीं सकता हमसे बिना पूछे वो शादी कैसे कर लेगी कैसे कर लेगी कैसे कर लेगी हमको बिना बताए वो माँ कसम बोल रहा है शादी कर ली वो तो